बेटा कहा जा रहा तू वो क्या है ना अंकल स्कूल की छुट्टी हो गई ना मेरा पप्पा लेने आने वाले थे उनका इंतजार कर रहा मैं। अच्छा अच्छा ले बेटा चॉकलेट खा ले आ? नहीं। नहीं मैं खा रहा क्यों रे बेटा क्यों नहीं खा रहा चॉकलेट मेरी माँ बोलती रास्ते में कोई भी कोई चीज दे ना शिकायल पढ़ायल पूरे दिख रहा ये <laughs> बेटा या तेरे पापा का इंतजार कर रहा है क्या आ? अरे बेटा तेरे पापा नहीं भेजे मुझे तुझे लेने के लिए अच्छा मेरे पापा ने तुमको मेरे को लेने के लिए फिर पासवर्ड भी बोलोगे पता पासवर्ड क्या है तो पासवर्ड का क्या लफड़ा लाया इन्हें ये पासवर्ड का क्या मसला है बेटा वो कैसे ना अंकल मेरे मम्मी या मेरा प्पा कोई भी नए इंसान को मेरे को लेने को भेजते ना तो वो पासवर्ड दे के बेचते और वो मेरे को पासवर्ड भूलते फिर मैं उनके साथ जाता ओह oh, नो no. पता ना अंकल पासवर्ड क्या है <laughs> अरे बेटा तेरे पापा बहुत जल्दी में थे <laughs> इससे उन्होंने पासवर्ड देना भूल गए चल तू मेरे साथ ऐसा <laughs> पासवर्ड देना भूल गए मेरा पप्पा खाए वो वहाँ खड़े और इधर तुम्हारा पप्पा खड़े आगे। आगे। अंकल, अंकल, अंकल, देखे न बच्चों, बच्चों. रास्ते में कोई भी कुछ भी दिए तो खाना ली और किसी अजनबी के साथ जाना नहीं. और हाँ मैंने जैसा पासवर्ड पूछा ना, तुम भी जरूर पूछ लेना मेरे पापा नहीं आए तो क्या हुआ मेरे को घर मालूम है चारा जा जाना हेलो पांच बच्चे का डिमांड की रहा है भेजे नहीं अभी तक अरे जरा सबर करो एक ही बच्चा है हमारे पास वक्त दस किडनी का अर्जेंट ऑर्डर है अरे मालूम है हमको तुम बच्चों की किटना बेचो या दिल क्या करने का हमको मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात तुम ध्यान से सुनो पिछली बार तुमने पैसे बहुत कम दिए थे इस बार एक बच्चे के पचास लगेंगे बस अरे टेंशन का है, ले रहे हो ढाई लाख लेके जाओ हो जाएगा पाँच लड़कन हाँ पाँच मिल जाएंगे हाँ, बच्चा रे, अपन डाल लेते उसको चल। ए, चादर वाल चादर ए, चलो चादर चादर। वाले बेटा घर में कोई है क्या रे? क्या काम है वो चादर बेचने आए थे नहीं होना हमको कंबल। कुछ ना बेटा ठंडी का मौसम चल रहा ना लगेंगी तो हमारे घर में बहुत कंबल है हमको कंबल नहीं होना एक बार पूछ तो ले। अबे जाओ ना। oh my God! <laughs> अबे जाओ ना। ज़्यादा जी ये। कैसे उड़ाएंगे इसको मैं तो बोलता उसको कम्बल में लपेट के उड़ा लेते साले को हाँ हाँ ठीक है चल चलो दर चल्चू बैठो क्या अबे बेटा हमने है ना तेरे को चुरा के लाए क्योंकि हम बच्चे चोर है चल उधर। को चुरा लिए अबे ये क्या हो गया यार, भाई, या, हम सबको बचा लेना क्या ए, तुम दोनों बच्चों पे आवाज रखो मैं दूसरा जुगाड़ करके आता। ओके। okay. क्या है? अब बच्चे बुके, कालों को मैंने अकेला थोड़ी देखा लिया मैं अकेला थोड़ी माला गए इनको भी बोल ऐसा। इधर आओ क्या है? अबे मुझ क्यों तकलीफ हो रही ना हमारे पेड़ में भी तकलीफ हो रही है कुछ सोच देते पेड़ में कुछ, कुछ जाएगा तो कम से कम उनका मुंह तो बंद हो जाएगा क्या खाएंगा बोल रहा बोल पाँच किलो टिक्काज रही दे ते को हमने चुरा के लाए। होटल में नहीं आया तू जो इतने दे रहा। इतना सन्नाटे वड़ा पाव लाके दे इनको अबे, अबे वड़ा पाव नहीं ए, क्या गा कैडबरी। कैडबरी लाके दे रे। चॉकलेट बिस्किट ला के देके आता है बस हो गया बाप गया दु तुम्हारा दु अरे मैंने मेरी आंखों से देखा उसने जाते जाते तुम्हारे किसान ऐसी पाँच सौ की नोट चुरा के आ जाओ गा उसकी गारंटी नहीं है अबे चाले सन्नाटे दोस्त के जेब में डाका डाला तू तुझे अरे रुक जाओ चॉकलेट मान दू उनको तेरे चॉकलेट गए चूल्हे में साले ने मेरे पांच सौ रूपए चूल्हा के लेके गया छोड़ू मारे अबे अबे रोक रोक रोक, रोक ए, <laughs> अबे कोई इनको रोकने वाला अरे तमाशे कर है बवाल कर रहा कौन है ये ये वही है जिसको ने किडनेप करे थे और उन्हें बच्चों को लेके भाग गया था अबे बेटा ये गाड़ी यहाँ से तो नहीं दूंगा क्या अबे इसका मुंह बंद करा आप बवाल कर दे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 आब आब अब अच्छी रोका अब बेकारी अबे मर जाएगा ना वो अबे ये देव देनेगा अब भी देखता <laughs> तो तो... मैं उसको अब काश पोलने की बात कर रही है क्या सब? अब, अब अब ए आ ए, आ चढ़ रहे हैं शब्द अरे क्या बोल रहा है ये सब सिर पे से जा रहा अरे साहब पागल है वो बहुत परेशान कर रहे हर को हमारी गाड़ी आगे नहीं जान लेके पत्रा कर रहा, पत्रा ऐसा कर रहा। क्या है क्यों परेशान कर रहे हैं इनको ए आ अरे बेटा है चारे काटमेंट टेबुल लेके बंद कर दूंगा मैं अब अब अब अब रोक मेरे को तो लग रहा है ये कार वालों ने कुछ कांड ये लोरिया बोल नहीं पा रहा हाँ बोल क्या बोल रहा ओके। अब बोल क्या बोल रहा क्या Huh? Hey, दे। दे। गुलाओ गुलाओ। क्या रे? कॉल oh, no. क्योंकि अब अपना बाल होने का टाइम आ गया। oh, no. देखो ये गया बच्चे को चुरा के लगे जा रहे थे बच्चा चुरा के लेके जा रहे तुम्हारी वजह से सारा गांव परेशान है इन्होंने पूरे गांव के बच्चों का खेलना निकलना दुशवार कर दिए अब तुम इनको किडनैप कर लो। हम किडनैप नहीं अरेस्ट करते रोक अरेस्ट कर ये तीनों को और इनकी गाड़ी भी अंडर कर सारे <laughs> <laughs> <Stop! laughs> चोटू yeah! हमने ये बच्चा उठाए तेरे को कैसे मालूम पड़ा अबे चलो मैं तुमको सब दिखाऊंगा प्लीज देख में। तुम प्लीज देख देखो मैं चला छोटू हीरो है और सब छोटू के फैन। हाय हैं ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाया है कुछ दिनों से अपने देश में बच्चे चोरी की वारदात ज्यादा हो रही है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों का बहुत ध्यान दें। और अपने आसपास पास कोई भी अद्दाबी नजर आता है तो उससे भी बहुत सावधान रहे सावधानी अपनी सुरक्षा अपनों की और दोस्तों अगर आपको छोटो दादा और बच्चे चोर ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए